Did you buy? se tu kare tere hone se hi abaad hai hawaaye ha tum meri hai ke jaate jo tera naam le tu hoga zara paoge tu le ho jisko तू होगा जरा पागल तुम्हें मुझको है रे सपनों में नाराजी तेरा यून एक kya faabe parivar mein rehne to hai tha ye moh moh ke bhage dil liye unse jaoge